में कमाता भाई तू <laughs> लेकिन मैं क्या करूं पता है? मैं मैं क्या पता? उठा के पिलर बना दूंगा हर एक गाना मेरा किलर बना दूंगा ज्यादा जलूंगा तो खुद को जला दूंगा ना कर सबसे हरा दूंगा सबसे हरा दूंगा मैं हरा दूंगा